वेलकम बैक टू एंग्री मर तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर में आने वाले न्यू इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गेम का क्रेज बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है एंड इसी वजह से बहुत सारे बंदों ने इसे खेलना भी छोड़ दिया अब ये एग्ज़ाम्स की वजह से हो रहा है किस वजह से हो रहा है मुझे नहीं पता लेकिन हो रहा है एंड इसीलिए गरेना ने गेम के क्रेज़ को बढ़ाने के लिए गेम में फ्री रिवार्ड्स एंड इवेंट्स लाने वाली है जिसके बारे में आज हम डिटेल से वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा आप मिस मत करिएगा तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हाँ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड बिल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना क्योंकि जब भी कोई न्यू इवेंट आती है न्यू अपडेट आती है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक फर्स्ट अपडेट बेसिकली हमारे सर्वर में आने वाले न्यू ईवन है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये फार्मास का ईवोगन बहुत ज़्यादा तगड़ा है इसका एनिमेशन भी काफ़ी तगड़ा है ये इमोट जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है एंड एम फाइव का ये ईवोगन जो आने वाला है अभी तक आया नहीं है जो आने वाला है इसका भी एनिमेशन काफ़ी तगड़ा है लेकिन इसका इमोट को एम के इमोट से कॉपी किया गया है जी हाँ अगर इसको कॉपी किया गया लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड इसका एनिमेशन स्किन का पत्ती का मुझे बहुत अच्छा लगा गोल्डन कलर का एंड थर्ड इवोगन हमारा एम फोर का होने वाला है अब ये मुझे कन्फर्म नहीं हो, होगा कि नहीं लेकिन होने वाला है मुझे जहाँ तक लीक्स मिली है एंड एनिमेशन भी काफ़ी अच्छे हैं एंड चलते हैं सेकेंड अपडेट की ओर तो सेकेंड अपडेट हमारे सर्वर में आने वाले न्यू मिस्ट्री सॉफ्ट है तो जैसे कि आप लोगों को पता हो जाए हमारे सरोवर में कुछ दिन पहले एक डिस्काउंट इवेंट देखने के लिए मिला था एंड अब हमारे सरोवर में एक गोल्ड डायमंड डिस्काउंट नाम से एक इवेंट देखने के लिए मिलेगा ये मिस्ट्री शॉप की तरह है, लेकिन मिस्ट्री शॉप से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसमें आपको काफ़ी सारे रिवार्ड फ्री में भी देखने के लिए मिलेगा तो ये इसका इंटरफेस है यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पर आपको पहले स्टोर बना जाना है यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर एलिट पास 480 डायमंड का है अब मैं आप लोगों को एक मैज़िक दिखाने वाला हूँ आपको पहले यहाँ पर मिशंस पर आ जाना है यहाँ पर आपको मिशंस कलेक्ट करिए यहाँ पर एक गोल्ड डायमंड मिलेगा इसको कलेक्ट करिए और डेली यहाँ पर आपको 20-30 मिलेंगे आपको यहाँ पर क्लेम कर लेना है फिर आपको वापस स्टोर पर आ जाना है आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपका जो इलीट पास फोर डायमंड में था अब ये फोर डायमंड में हो गया है अब आप लोग इसे चाहे जितना भी गोल्ड डायमंड कलेक्ट करके जितना भी आप लोग इसे कम कर सकते हैं आपके हिसाब से तो चलते हैं थर्ड अपडेट की ओर थर्ड अपडेट हमारे सर्वर में आने वाला न्यू बंडल है तो जैसा कि आप लोगों को पता है डायनो बंडल का काफ़ी ज़्यादा लिस्ट निकल चुका है एंड इसका 100 परसेंट पूरा कच्चा पूरा चांस है कि ये हमारे सर्वर में आएगा अब ये तब देखते हैं यहाँ पर इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है और यहाँ पर आपको ये इवेंट में देखने के लिए मिलेगा और ये आपको बहुत ही कम डायमंड में लगने वाला है इसमें आप बहुत एक हज़ार डायमंड में इसको निकाल सकते हैं यहाँ पर ये बंडर यहाँ पर एक डायमंड इतने का है और इतने का फाइव डायमंड्स का तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे मैं इसे पक्का निकालने वाला आप में से कौन कौन लोग इसे निकाले मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए एंड चलते हैं फोर्थ अपडेट की फोर्थ अपडेट हमारे सर्वर में आने वाले टॉप अप इवेंट है डायनो टॉपअप इवेंट इसका नाम है यहाँ पर आपको एक पेट देखने के लिए मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड भी आपको देखने के लिए मिलेगी जो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो मैं तो इसे निकालने वाला हूं एंड चाहते हैं लास्ट अपडेट की और लास्ट अपडेट हमारे सर्वर में आने वाला न्यू इवेंट है जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा रमजान इवेंट चालू होने वाला है बस इसका नाम रमाडन इवेंट है यही चालू होने वाला है तो हाँ आप लोगों को बता देता हूँ मैं इसमें क्या किया आप लोगों को फ्री रिवार्ड्स मिलेंगे तो सबसे पहले आपको ये ग्रेनेट की स्किन आपको मिसल्स कलेक्ट करने पर मिल सकती है ये ग्रेनेट की स्किन इसका एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है एंड यह ग्लोबाल की स्किन इसलिए थोड़ा सिंपल है इसमें था थोड़ा सा एनिमेशन ऐड करना चाहिए था वैसे ये यहाँ पर पैन की स्किन आप लोग देख सकते हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये ग्रीन कलर का और इसमें लोगों बहुत लोगों भी बहुत अच्छा है एंड ये कटाना की स्किन इसका एनिमेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा लग, अच्छा लगा है आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए एंड ये शायद की स्किन अब इसका नाम शायद है पता नहीं मुझे नहीं पता लेकिन मैं इसे शायद बुला रहा हूँ इसका शायद की स्किन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड यहाँ पर जीप जीव देख सकते हैं ये जीव काफ़ी मुझे ख़राब लग रहा है क्योंकि जो ब्लैक कलर के ये साइडों टाइप है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है एंड ये बाइक का स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है गरेने वालों ने काफ़ी एनिमेशन डाला है इसमें काफ़ी अच्छा है एंड ये सर्फ की स्क्रीन थोड़ा सिंपल है एंड यहाँ पर पैराशूट की स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं ये आपको फ्री में मिलेगी एंड ये मेल बंडल ये मॉडर्न मेल बंडल आपको किसी अम्बानी विट में ही देखने के लिए मिलेगी जो जिसमें काफ़ी ज्यादा डायमंड आप लोगों को लगने वाले हैं एंड ये फीमेल बंडल आपको हमेशा की तरह फ्री में ही मिलेंगे एंड ये बाहुबली बंडल जो कि बहुत पहले आ चुका था एंड इसका कलर चेंज करके वापस से आ चुका है ये एंड ये सेकंड बंडल है ये भी पहले ही आ चुका है ये भी कॉपी किया गया है इसका कलर चेंज है ये बैक पे की स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है, काफी अच्छा है इसका। ये फर्स्ट लेवर पर ऐसा दिख रहा है सेकेंड पर ऐसा दिख रहा है थर्ड पर अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा एनिमेशन काफ़ी अच्छा है इसका एंड सेकंड बैकपैक ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसमें एनिमेशन थोड़ा है लेकिन ठीक है लेकिन इतना ज़्यादा ठीक ठाक नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक है एंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये इमोट ये इमोट आपको फेड व्हील में देखने के लिए मिल सकती है अब ये कब आएगा मुझे कन्फर्म नहीं है लेकिन मैं जल्द ही आपको लोगों को बता दूंगा ये इमोट बहुत अच्छा है यहाँ पर ये इसमें भुईया लिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बेसिकली ये शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है इसका एनिमेशन भी काफी अच्छा है गरीना ने बहुत अच्छा एनिमेशन इसमें लगाया हुआ है मैं तो इसे कन्फर्म निकालने वाला हूँ आप लोगों में से कौन कौन लोग इसे निकालने वाले हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए तो आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद